तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं खेल रहा हूँ GTA 5 वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे खेल रहा हूँ सब मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर जो है आपका प्लानेट क्लाउड जो था वो अब प्लानेट क्लाउड एमुलेटर में बदल चुका है जो प्लैनट क्लाउड एमूलेटर है उसमें आप कोड डालकर खेल सकते हो तो जो डेवलोपर हैं प्लानट क्लाउड के उन्होंने मुझे दिया था कोड तो मैं इसी वजह से खेल पा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्टोरी मोड पर कर देता हूँ क्लिक यहाँ पर जैसे हमारा चीकी इमूलेटर हुआ करता था वैसे यहाँ पर जो है ये प्लेनेट क्लाउड इमूलेटर है यहाँ पर आप देख सकते हो माइकल का घर यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो आगे चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं थोड़ी सी ड्राइविंग करते हैं तो वाई से बैठेंगे जैसे मून आपको मिलता था वैसे ही इसका भी अकाउंट मिलता है मतलब कोड मिलता है मून में पी मिलता था उसका आपको पिन वेरीफिकेशन करना पड़ता था लेकिन इसके अंदर आपको प्लस कोड डालना है वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो कोड आपको मिलेगा 45 रुपए का वो कोड मिलेगा प्लैनेट क्लाउड की ऐप में उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा प्लेनेट क्लाउड एमुलेटर उसके बाद जो है आप लोगों को उसके अंदर वो जो है कोड डालना होगा तब जाकर आप खेल पाएंगे प्लेनेट क्लाउड इमुलेटर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्मूथली मेरा चल रहा है अगर आपका नेट स्पीड बेकार है तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि आपका इस्मूथ चलेगा तो देख लेना अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा हुआ तभी आप लेना चालीस रुपये में से मतलब कोड लगाकर हम लोग ले सकते हैं नहीं तो पैंतालीस रुपये का मिलता है कूपन कोड मिलता है ना जो हमें उससे हम लोग लगा सकते हैं मैं ट्रेकिी गाई वाला जो है कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा ऐप की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कितने स्मूथली तरीके से वर्क करता है तो यहाँ पर जो है मैं सिम कार्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ वी वडाफोन आइडिया का यानी वी का तो अच्छा नेट चलता है मेरा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी स्मूथली वर्क कर रहा है और अभी शाम के टाइम पर मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर भाग सकते हैं हम लोग यहाँ पर मैं वापस गाड़ी में बैठ जाता हूँ और इसकी टक्कर करते हैं अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्मूथली चल रहा है और देख सकते हो और हम लोग आर से इसे जो है चला सकते हैं यहाँ पर हम लोग मोड़ सकते हैं जो स्टिक से तो यहाँ पर जो है बिल्कुल पी जैसे इन लोगों ने बना रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों मैंने ठोक दी है गाड़ी तो आप लोग कहोगे कि ये टूटी नहीं तो भैया ये जो GTA 5 है इसके अंदर मोड डले हुए हैं मतलब जैसे हम लोग पी में मोड इंस्टॉल कर पाते हैं ना वैसे यहाँ पर हमें मोड इंस्टॉल्ड मिलते हैं तो इसलिए ठोकी है मैंने तो कुछ ख़राब नहीं हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आर निकाल रहा हूँ आराम से और यहाँ पर मैं एम भी निकाल सकता हूँ और तो यहाँ पर स्नाइपर चलाते हुए तो स्नाइपर में है बोलिए तो अभी मैं कैरेक्टर चेंज कर लेता हूं फ्रैंकलिन पर तो यहां पर आप देख सकते हो मैं हूं फ्रैंकलिन पर जो है चेंज हो चुका हूं और यार एच टी जी वालों यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने कोड दिया और थैंक यू यार थैंक यू सो मच यार आपका एहसान मैं नहीं भूलूँगा और आज आपकी वजह से ही मैं को यहां पर जो है वीडियो बना पा रहा हूँ तो आपको दिल से शाउट आउट यार तो यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं इसे भगाते हैं और यहाँ पर टक्कर होने वाली है हमारी मैं कूद जाता हूँ जल्दी से ओह ये बात अगर मैं नहीं कूदता तो मैं पक्का मरता चलो यहाँ पर हम लोग गन निकाल लेते हैं इसमें भी यार बुलेट्स नहीं है तो भैया मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ यार अगर आप लोग गेमिंग कराते हो तो कम से कम बुलेट तो दिया करजिए मतलब बुलेट दिया कीजिए यार तो यहाँ पर मैं जो है बम लगा देता हूँ और आपको बम विस्फोट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लेग हो रहा है क्योंकि मेरा नेट अटक रहा है थोड़ा सा क्योंकि रात के टाइम पर खेल रहा हूँ मैं इसलिए जो है मेरा नेट थोड़ा सा अटक रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो अटक चुका है अभी भी और यहाँ पर चल चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो है मैं बम को बिस्फोट करने वाला हूँ तो सबसे पहले तो हम लोग फेंकते हैं बम को तो फेंकते हैं और मेरे नौ ही रह गए हैं तो अब ऐसा करता हूं मैं बिस्पोर्ट करता हूं पहले तो इसे रखता हूं यहाँ पर तो मैंने हैंड ले लिया है मेरा हैंड फ्री हो चुका है एंड यहाँ पर जो है अब मैं बिस्पोर्ट करता हूं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है पुलिस पड़ चुकी है तो मैं जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग एक सेकेंड रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बी दबा रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर दी है एंड यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ दोबारा और चलते हैं यार गाड़ी को दौड़ाते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट मारेंगे हम लोग गाड़ी से तो दौड़ाते हैं पहले तो और और और और और और ठोकती तो भाई अभी तो मेरे और ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं होती यार क्योंकि इसके अंदर जो है ये, ये एमुलेटर है तो आप लोग जानते हो ड्राइविंग अच्छी नहीं होती लेकिन अगर आप लोग कीबोर्ड एंड माउस लगा लोगे तो बहुत अच्छी ड्राइविंग आपको मिलने वाली है तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोन कर कर भी दिखा देता हूँ यहाँ पर जो है ये एयरोस से हम लोग चला सकते हैं फ़ोन और इससे कैमरा एंगल चेंज होता है और मैं बी से फ़ोन काट सकता हूँ तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फ़ोन रख देता हूँ और यहाँ पे जो है हमारी गाड़ी जो है हम लोग ड्रिफ्ट मारने लेके चलते हैं तो यहाँ पर ड्रिफ्ट मारने लेके चलते हैं हम लोग गाड़ी को तो सीधा ड्रिफ्ट ही मारते हैं यार तो फुल स्पीडों में मैं भगा के ला रहा हूँ ये ड्रिफ्ट मारी मैंने और अरे ब्रेक नहीं लगाया भाई भाई भाई टूट गई यार गाड़ी लेकिन मोड इंस्टॉल है इसलिए ये टूटी नहीं तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना अगर आप लोग देख रहे हैं एच टी जी वालों तो आपको दिल से धन्यवाद शुक्रिया यार बाय बाय बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय